तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नहीं वीडियो के साथ वापस और मुझे पता है कि स्टार्टिंग वाला क्लच इनकम्प्लीट था बस तुम्हें उसमें प्रेडिट करके ये बताना है कि क्या लग रहा है वहां, मैं मर जाऊंगा कि या फिर बच जाऊंगा ध्यान से बताना हो सकता है मर भी जाऊं जरूरी है कि हर बार क्लच ही होगा और एक बार फिर से हम लोग न्यू एक्सूट के साथ में हाजिर है वैसे एक बार सोचिए आप लोगों ने कि क्या मतलब गेम मैन होने के बाद यार मेरे को याद आ रहा है कि मेरे पास एक्सूट है फिलहाल आज जो भी एक्सूट हाथ में लगाए आज इसकी ताकत अनलॉक करते हैं और देखो भाई उतरते दो से तीन बंदे नॉक। अब देखो पोचिंग के में उतरने के बाद एक बहुत ही सिंपल सा रूल है और मैंने तुम लोगों को बता भी रखा है गन मिली उठो भागो पेलो हां भाई साहब ये मत देखो स्टार्ट में हां रैंक पुश कर रहे तो ये सब नहीं करना है फिर भागो कमरे में जा घुस जाओ खैर अब तबाही तो आसपास की सुनाई दे ही रही है बड़ा सुकून मिला लेकिन उस बंदे की कितनी चली होगी जिस बंदे का मैंने किल चुराया भाई सॉरी मुझे माफ कर देना पर क्या करूं पेट के लिए करना पड़ता है बॉट को मारा हम थोड़ा सा आगे नॉक किया था मेरी नजर उस पर नॉक किया इसकी तरफ बढ़ता हूं लकली इसके टीमेट यहां पर थे नहीं तो कोई बात नहीं अभी इसी से काम चलाएंगे इसके बाद मैं आगे चलते हैं। अब देखो फायरिंग के साउंड को फॉलो किया बहुत ही ज्यादा लेट मतलब इवन मैंने अगर अपनी चप्पल कुक करके फुल कुक करके फेंक के मारी सर पे गलती से टकराई तो बंदा नॉक हो ही जाएगा कैसे इस ग्रेनेड की तरफ पूब सामने से भी कराना जवाब मिला है मुझे अब सबसे पहले तो भाई ग्रेनेड के लिए एक लाइक ठोक देना मौली फेंकी रश किया जैसे इधर आया बाप रे मेरी हेल्थ बट फिर भी इसको लॉक किया बट अब नाम पढ़ लो इस बंदे का सिद्धि राठी जीरो एट ऊपर से मारा है ना इसने मेरे को थोक के से मारा है इन्होंने मेरे को कोई बात नहीं देखो सूत समेत बदला लेंगे ठीक है खैर अब यहाँ पर जैसे मैं मारा सबसे पहले पता है देखो मरने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत है लूट की पर कोई बात नहीं तुम्हारा भाई सबसे पहले उतरा सेवरनी में यहाँ से उठाई बाइक क्यों उठाई मैं बताता हूँ टेम्पल जाने के लिए अब जैसे मैं टेम्पल के लिए जा रहा था तो रास्ते में मुझे मिल गया एक हवाई जहाज वाला बंदा देखो भाई इसको अब यूजी से तुम क्या ही उम्मीद रखते हो खैर कोई बात नहीं तुम्हारा भाई उम्मीदों पे खरा उतरेगा प्लीज मुझे छोड़ दे भाई ओके ये भी यूजी वाला है फाइनली भाई साहब सांस में सांस आई अब इस बंदे को मारने के बाद अब इस पे से ये उम्मीद रखना कि इस पे कुछ लूट मिलेगी तो बेवकूफ़ी है इसीलिए अपना भैया ये तीन पहियाँ वाला मैंने वाहन उठाया और आ गया सीधा ऊपर क्योंकि यही एक जगह है और अगर मैं लेट हो जाता तो फिर समझ रहे हो ना कि ये भी हाथ नहीं लगता और वो भी हाथ नहीं लगता अब जैसे यहाँ पर आया सारी लूट कम्प्लीट कर लिया और उसके बाद मैं देखता हूं कि मेन गेट खुल रहा है मेन गेट खुल रहा है मतलब समझ रहे हो कि कोई स्कॉड अंदर आने वाली है मैंने जल्दी से दिमाग लगाया दिमाग की जो अपने सेल्स से है उनका इस्तेमाल किया और जल्दी उनसे पहले यहां पहुंच जाता हूं और यहां ही आया देखो बंदा दिखा एक नॉक दूसरा भी नौक अब यहां जो मैंने ये IQ लगाया ना जल्दी पहुंचने वाला गाइस इसके लिए एक सब्सक्राइब थोक देना ठीक है और खैर यहां पर देखो जैसे मेरे को बाहर से साउंड आया अब देखो में बिल्कुल भी इग्नोर ही नहीं कर सकते ऐसे साउंड को पता है ये नहीं सोच सकते कि क्या पता ना हो लेकिन क्या पता हो मैं बहुत ज्यादा हो जाएगा कुछ मामला गड़बड़ तो यहां पर मैंने जैसी मौली फेंकी बंदा झटपटाया मैं समझ गया कि अब तो पक्का बंदा है यहां पर ग्रहण फेंका एक और अब मैं बाहर इसलिए नहीं निकल सकता ध्यान से सुनना कि उसका टीममेट क्या पता उसको कवर दे रहा हो इसीलिए मेरे को सबसे पहले किसी भी हालत में इसको नॉक करना होगा अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था हाँ फाइनली नॉक हुआ जैसी नॉक हुआ फिनिश भी कर दिया मैंने इसको जल्दबाजी में अब मेरी यहां पर बहुत ज्यादा फट रही थी क्योंकि तुम लोगों को पता है किसा एंगल है कि कहीं से ही पड़ सकती है पर यहां पर कोई भी नहीं था अब इसके बाद मैंने सोचा कि चलो यहां से नीचे उतरते हैं जैसी मैप में उतरने के लिए जगह देख रहा था तभी भाई सब यह ऑफलाइन मजा दिखाई दिया और अब मैं इसकी तरफ इसलिए बढ़ रहा था ये चेक करने के लिए कि क्या इसका कोई टीममेट मेट यहां पर है बट यकीन मानिए इसका कोई बंदा यहां पर नहीं था फाइनली मैं नीचे आ गया जैसी नीचे आया तो मैंने यहां पर देखा कि यहां कुछ बंदे हैं और वो गाड़ी लेके निकल चुके हैं और मैं कुछ नहीं कर पाया तो चलो कोई बात नहीं है अपने ये तीन पहिए वाले वाहन को लेके चलते पोचिंग की है। पोचिंग की मैं इसलिए आया तुम लोगों को दिख रहा होगा सामने एक फ्लेयर अब फ्लेयर है मतलब पूरी स्कॉड भी हो सकती है कुछ भी हो सकता है तो सबसे पहले मैंने रामबाण इलाज ये अपनाया बॉड फायर दिया बॉट फायर देखे मुझे पता है कि उन लोग को समझ में आ जाए कि हाँ बंद आए बट इससे फायदा ये कि वो मैं फिर रश करेंगे एंड उस दौरान मैं एक आध नॉक निकाल लूँगा तो चलो देखते हैं कि आज ये ट्रिक काम करती हुई कितनी बॉड फायर वाली अभी तक तो कुछ नहीं हो हिल चल ओके तो यहां पर भाई ये पता चला है कि वो टीम अलग फाइटों पे जी है लेकिन तभी आ जाती है कूप अब यह कूप कौन सी टीम की है ध्यान से देखना लास्ट में मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था स्टार्टिंग में याद है जिस बंदे से मैं नॉक हुआ था उसका नाम याद रखना जी हा गाइज अब यह कौन सा बंदा है पता है जिसको मैंने दस एच पी मारा था यह तो हो गया वो नॉक फिनिश अभी वो बंदा बचा है जिसने हमको ऊपर से मारा था और भाई साहब यकीन मानो उस बंदे को तो मैं आज दो बार मारने वाला हूं फाइनली एक और बंदा आया नीचे भाई 90 एफ नाम का ये बंदा मेरे 60 एफ के डिवाइस से नॉक हो जाता है और इसके बाद मैं एक और बंदा और ये वही बंदा है जिसने मुझे मारा था मौली फेंक दी पहली यहां वो फंसा अब मैं भी बाहर नहीं जा सकता था लेकिन वो भी अंदर नहीं आ सकता था इसके बाद मैं जैसी मॉली बंद हुई तो मैंने यहां पर एक के पिन खींची वो वापस से सीढ़ी में आया बूम भाई यकीन वही वो लिट हुआ होगा चेक करने के लिए यहां और सही में वो फर्स्ट किट लगा रहा था और देखो थ्री टू वन चलो भाई गाइस ध्यान से देखो इस बंदे का नाम अभी तो ये एक बार रिवेंज हुआ है तो एक बार सब्सक्राइब दबा दो और हां एक ही बार दबाना दो बार दबाओगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा ठीक है लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना अब इसके बाद यहां इस यहां पर आया अब देखो मैं इसको हाउस में इसलिए आया था क्योंकि जो टेम्पल था वो यहां पर आज खत्म होने वाला था और मुझे पता था कोई ना कोई तो जरूर ऊपर से कूदेगा फाइनली एक बंदा आया अब एक सेकेंड एक सेकेंड पहले मेरी बात ध्यान से सुनो एक बार लोग बोल सकते हो कि मैंने हग दिया पर मान लो वो एक गिलिश भी है कभी कभी आसमान में बंदों को गोली कितना ही मान लो नहीं लगती है लेकिन तुम नहीं मानोगे मुझे पता है खैर छोड़ो मैंने हग दिया ऐसा ही मान लेते हैं बट अब ये बंदा यहां अकेला फंस चुका था लेकिन इसने अपनी स्कॉड को दे दी थी कॉल तो इसकी स्कॉड आती है और मैं जान के जो पहले आ रहे थे उनको नहीं मार रहा था क्योंकि इनका एक बंदा पीछे से कवर दे रहा था और जो कवर दे रहा था मैंने भाई सबसे पहले उसी की पेटी बनाई जैसे इसको नॉक किया इसकी पूरी टीम चढ़ती है मेरे पे इस भाई साहब को यही नहीं पता दुनिया में क्या चल है बचे दो बंदे और भाई साहब यूजी हल्का सलेट तीन बंदे नॉक एक लास्ट बंदा बचा है बचा। मतलब भाई साहब इस समय जो मेरी फटी पड़ी थी काश कुछ होता मैं ऐसा दिखा पाता कि कि मेरे साथ उस तो समय क्या था था अब मैं सोच रहा इस पे ग्रैंड मार दूं लेकिन ग्रैंड का साउंड सुनकर वो भाग जाता यहां पर तुम्हारे भाई ने लगाया 69,000 क्यू छत पे गया कूदा एंड भाई साहब तुम यकीन मानो इससे बेस्ट ऑप्शन इनको मारने का कोई था ही नहीं अब तुम तो मुझे जेनवनली अपना रिएक्शन दो इस क्लच के लिए खैर जैसे इन बंदों को मारा तभी देखो एक और कूप आई हेड पड़ी और पता ये कौन बंदे चलो अभी नाम पढ़ लेना बस पता चल जाएगा लिट किया हल्का सा नाम पढ़ लो 90 fps फिर से हमारा 60 fps पी की डिवाइस इसको भाई अपना नाम बदल देना चाहिए इसको एटलीस्ट सिक्सटी एफ ही रख ले भाई खैर इन दोनों की एक बार फिर से पेटी बनाई दूसरी बार और अभी हम एकदम मस्त लाइफ जी रहे थे लेकिन तभी आती है एक डासिया और मुझे लगा ये शायद मेरे पास आकर रुके तो मैं एक ग्रैंड पहले से ही कुक रखता हूँ लेकिन ये डासिया को जितनी स्पीड से लाया उतनी स्पीड से ले भी गया अब मैंने बहुत कोशिश करी इसे अपने पास बुलाने के लिए यकीन मानो भाई ये बंदा मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज़ था नहीं आया तो फाइनली अब ये तो चला गया लेकिन मुझे तलाशती बाकी के बंदों की तो सामने मुझे गाड़ी दिखाई दी अब जैसे मैंने स्प्रे दिया पता नहीं मैंने ये स्प्रे दिया क्यों था लेकिन बस ऐसे ही दिया था लेकिन तभी यहां पर आ जाती है दूसरी तरफ से एक और गाड़ी और ये फाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसी फायरिंग के साउंड आया फॉलो करता हूं पूरी स्कॉड अब बस ये स्प्रे देखो और यकीन से यार इस स्प्रे के लिए ठोक देना सब्सक्राइब भाई देखो अब भाई साहब मतलब ये क्या कर दिया मैंने यार प्लीज डोंट बैन मी खैर अब यहां देखो एक बंदा मैंने नॉक कर दिया ग्रेनेड के पिन खींची मुझे नहीं पता था कि बंदा मुंह आ गई है लेकिन उसके हाथ में भी ग्रहण था देखो बट इससे दूसरा बंदा नॉक हुआ अब यहां देखो एक ग्रेनेड का इंडिकेटर आ रहा है मैं ग्रेनेड के नशे में इतना धुद कुछ नहीं पता कि आस पास क्या हो रहा है भाई इतना बेहतरीन गेम प्ले था बट वही बात है ना यार सोलो वर्सेस वर्सकॉड में आप कितना भी सेफ खेल लो गलती आखिर हो ही जाती है अब इस बात को सिर्फ वही समझ सकते हैं जो सोलो स्कॉड खेलों का भी बाकी तो कहेंगे कि नहीं भाई ऐसे नहीं होता है तो मैं तुमसे तो क्या ही बोलू बा गेम प्ले कैसा लगा हमने सारी ताकतें खोल दी इस वाली एक्सटूट की भी वीडियो चलेगी तो पहले एक लाइक करना चल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हाँ मुझे इंस्टाग्राम पेगा जरूर फॉलो कर ले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो तब तक भाई